करते हैं कल सुबह। हाँ। यार अगर तू करे, तो तो ये तो हमारे स्कूल का आखिरी साल हुआ इतनी जल्दी बीत गया यार पता भी नहीं चला इसके बाद तो सीधा कॉलेज हाँ यार मुझे तो काफ़ी याद आने वाली है स्कूल की मैं तो कभी नहीं भूल सकती तुझे भी और स्कूल को भी एक तू ही तो है इसे स्कूल ड्रेस बनाया हाँ यार मुझे भी तेरी बहुत ज्यादा याद आएगी इन सालों में हमने इतने सारे प्रेशियस मेमरीज बनाए मैं तो तुमने जिंदगी भर याद रखूंगी पहले मुझे डर था कि अब हम कॉलेज जाएंगे हमें और दोस्त मिलेंगे और हमारे प्रायरिटी चेंज ना हो जाए नहीं यार हमारी दोस्ती ना एकदम तो सच्ची और पक्की है इतनी गई दोस्ती को तो सनी दल का ढाई किलो का हाथ भी नहीं तोड़ सकता <laughs> हाँ और अगर किसी ने की कोशिश भी की तो हम खुद ही अलग हो जाएंगे हाँ Huh? यार क्या बात कही तूने और तूने उसका पोस्ट क्यों लाइक किया और कमेंट किया थे उसमें कितने कम लाइक्स यार ऐसे ही फेक मोटिवेशन देखा हम सबको पता है कि ये लोग कुछ ज्यादा आगे तो बढ़ने वाले नहीं है तो ऐसे ही इधर उधर का मोटिवेशन देते झूठी तारीफ कर लेते हैं मजा आता है यार हाँ यार तूने तो एकदम सही कहा और तूने नोटिस किया क्या आज सिर्फ फिफ्टी फॉलोअर्स हो गए वह कॉन्ग्रेट बेस्टी देख तुम है तुम मेरी ही बेस्ट फ्रेंड ना हाँ यार इतने सारे क्या यू? मतलब तेरी है, मिली थी तब तो हमारा नॉर्मलेशन था मुझे लगा भी नहीं था दोस्ती इतनी गहरी हो गई लेकिन अब देख हम लोग तो हर दिन बात करते है और ये देख आज तो हम लोग एक घंटे से कब से बात ही कर रहे हैं हाँ यार जब हमने दोस्ती की तो मेरे को नहीं पता की इतनी अच्छी होगी इन तीन सालों में तो हमारी तो हो गई और इतने मेरे हजारों फॉलोअर्स हजारों फैंस हैं पर मुझे तेरे पास ही एकदम कंफर्टेबल फील होता है अरे वाह यार तूने तो दिल ही छू लिया ये बोलकर चल मेरे को जाना है रील्स बनाने हा? अच्छा ठीक है मेरे को भी रील फॉरवर्ड कर देना जिससे मैं उसको हर जगह स्टोरी में डाल सकती देख मेरा बेस्ट फ्रेंड का नया रील आया है। yes, Oh, no, no, no, no. Hush, finally, phone आ ही गया। गया तूने मेरा नया रील देखा? पता है इतना हो गया ना मेरे इतने सारे बढ़ गए उससे। और नहीं तो क्या मैंने देखा ना मैं तो शेयर भी क्या सबके साथ अच्छा वैसे भी इससे तो तेरे भी थोड़े बहुत फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। ऐसा पता है मेरे कई सारे फैंस ने किया और उनके भी बहुत फॉलोअर्स बढ़ गए अरे मैं फॉलोअर्स थोड़ी कर रही हूँ ये है ये तो मुझे करना ही चाहिए ना अच्छा I didn't mean it that way, but, पता है मैंने ना अभी रिसेंटली एक कंपटीशन मजा ही आ गया हाँ मैं भी बहुत ज्यादा खुशी हूँ और पता है इसकी खुशी में मम्मी ने मिला ट्वेंटी दिखाती हूँ ये देख कितनी Wow, yeah, बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस ब्यूटीफुलझ में तो और अच्छी लगेगी है ना अच्छा चलो अभी मेरी नहीं तो अरे यारेस्ट फ्रेंड है ना तो हम लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं है इसके बारे में हाँ हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ मेरी दोस्त तीन साल की दोस्ती हमारी तीन साल की अच्छा कितने बार मिले हो एक बार भी नहीं लेकिन क्या फर्क पड़ता हम लोग हर रोज तो बात करते हैं ना तो कैसी बेस्ट फ्रेंड हुई उसने वो अपने बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट किया है क्या नहीं बोला लेकिन हम लोग हर दिन तो बात करते हैं ना हर दिन एक एक घंटा बात करते हम लोग सब करते। मुझे उसके बारे में सब पता है उसको मेरे बारे में संभलने को मत बोल हा? तू संभल के रह चुड़ैर रश्मि से oh, no. ए, ही मत मैं ही बचपन मत जा तू मैं ही बाकी तेरे को समझाने बैठ गई कुछ <laughs> <laughs> भी बोलते हैं की है। यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं की वो डिम्पल से बात करें बट देन फैमिली भी तो होती है ना तेरी बहन भी तो होती है मतलब आजकल बात ही नहीं करती यार मम्मी पापा से नहीं मुद्द से नहीं मुझे सही नहीं लग रहा है यार शायद उसकी अच्छी दोस्त बन गई है और कुछ नहीं होगा यार मैं चाहती हूँ तुझे बट पता नहीं यार मन नहीं मानता मेरे को बट निपलना सही नहीं लगती है उस दिन मैं देखी वीडियो कॉल पे तो वो बस शो ऑफ कर रही थी अनु के सामने थोड़ी ऐसी दोस्ती की शो ऑफ करते हैं हम तो थोड़ी ऐसा करते हैं और वो अनु भी भोली भाली सी है दूसरों की बातों में आ जाती है तो पता नहीं यार हाँ यार सोचने ऐसा कुछ नहीं होगा हाँ शायद एक मिनट मम्मी का फोन है हेलो मम्मी क्या अनु का क्या हुआ अच्छा ठीक है मैं अभी आती हूँ क्या हुआ अनु यार यार मम्मी मैं हो गए। तो जाके देख के आ जा उसको मैं भी घर जाती चलती क्या मम्मी अपने अचानक बुला दे क्या हुआ अरे बेटा इसको अचानक अभी बहुत बुखार आ गया और बहुत वीकनेस भी लग रही है आ, लगता आवा बड़ी कर हाँ वो रही है वो ज्ञान ना मेरी तबीयत खराब है मेरे को बहुत वीकनेस था बुखार भी आ गया मैं तो बेहोश भी हो गई थी ओ अच्छा और ये सुनना डिपिन क्या तो मेरे से मिलने आ सकती है मेरे घर में वो क्या है ना जो बीमार है ना अगर दूर रहेगी ना तो, तो देख के खुश हो जाऊंगी अरे नहीं यार मैं नहीं आ सकती uh, मेरे जो फैंस है ना मेरे उन पार्टी ऑर्गेनाइज की है मेरे को उसके ले जाना है मैं बहुत बिजी हूँ मैं नहीं आ सकती अरे सिर्फ दो मिनट भी आ जाएगी ना मुझे चलते प्लीज आ जाना यार अरे अरे नहीं यार मेरे को भी तैयार होने जाना है मैं रखती हूँ बाय अरे, अरे लेकिन सुन सुन सही हेलो अरे हेलो? कर दिया ना। देख मैं देखो कितना बार समझा अच्छे समय, बुरे समय, दोनों समय हमेशा जैसे भी मुझे रोज भी आ जाती है ना तो रश्मि को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती खुद भाग के आ जाती और यहाँ डिम्पल को हजार बार बुलाने के बाद फिर भी नहीं आई वो देख ऑनलाइनशिप सब ठीक है बट रियल फ्रेंडशिप चाहिए अनुष्का तीन साल से तुम लोग दोस्त रहे हो बट एक बार भी मिले नहीं हो एंड वो तुझे तेरे बारे में केयर भी नहीं करती है तूने तु, बोला तू बीमार है और वो बिल्कुल उसको फर्क ही नहीं पड़ा आने के लिए उसको उल्टा खुद बोना चाहिए कि मैं आ जाती हूँ बट यहाँ पे तो वो आने की बात ही नहीं कर रही है और वो हर समय तेरे से मैं देखी हूँ कितने बार कॉल हूँ शो ऑफ करती रहती है ऐसी दोस्ती नहीं होनी चाहिए हमें रियल फ्रेंडशिप रखनी चाहिए हाँ ये तो एकदम सही कह रही है हाँ तू तो समझ गई बस वही काफी सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं तो देखा दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोस्ती दोनों में बहुत अंतर होता है असली दोस्त वो होते हैं जो हमारे हर समय काम आते हैं सुख हो या दुख हो दोनों में ही हमेशा खड़े रहते हैं अगर आपको इस वीडियो का मॉरल पसंद आया वीडियो भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना सभी के साथ शेयर करना और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दिल्गे आपको, दिल्गे आपको एक न्यूज स्टोरी के साथ तब तक के लिए बाय